अब एक बड़ी खबर भोपाल से है शिवराज सरकार ने बेरोजगार युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की बढ़ोतरी की है इससे प्रदेश में अनारक्षित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 43 साल की आयु तक तथा राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अड़तालीस साल तक सरकारी नौकरी में आने का अवसर मिलेगा हालांकि ये व्यवस्था एक बार के लिए ही लागू की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पीएससी एग्जाम में अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि की घोषणा की है इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे कई बच्चे मिले थे उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नियत न होने के कारण अधिकतम आयु सीमा निकल जाने का विषय उठाया था उनका पक्ष न्यायपूर्ण था इसीलिए हमने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए तीन साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए है इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर दो तक अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है मुझे कई बच्चे मिले कोविड के कारण पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षा नहीं हुई स्थगित हो गई थी और इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए एक बार के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा है पीएससी में परीक्षा देने की उसको तीन साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्याय पूर्ण लगता है और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें तीन साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके